अगर बात शरीर और मन की हो तो दो इंसानों की क्षमता कभी भी एक जैसी नहीं होती है ना हम शारीरिक या मानसिक रूप से एक इंसान जो कर सकता है दूसरा वो नहीं कर सकता वो कई तरीकों से अलग होते हैं अक्सर नाम दे दिया जाता है मुझमें ध्यान की कमी है मैं एडीडी एबीसी एक्स वाई जेड हूं कितनी सारी चीजें बात तो यह है कि खुद को बेहतरीन कैसे बनाया जाए है ना आप ध्यान नहीं दे पाते पर मुझे एक अलग ही समस्या थी मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता था अगर मैं यहां ध्यान देता तो अपना ध्यान वहां नहीं दे पाता था मैं बस इसे घंटों तक देखता रहता था लोगों ने सोचा यह भी एक समस्या है तो खुद को नए नए नाम मत दीजिए कौन कौन तय करेगा कि आप में अटेंशन की कमी है ऐसा कोई स्टैंडर्ड है कि कितना ध्यान देना चाहिए या आपको कितना ध्यान मिलना चाहिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड कहीं नहीं है, है ना आप खुद बना रहे हैं समस्या यह है कि बचपन से ही बच्चों पे ठप्पा लगा दिया जाता है और उन्हें जीवन भर उसी लेवल के साथ पहचाना जाता है पांच की उम्र में आपके ध्यान का स्तर या छह की उम्र में पंद्रह सात या बीस की उम्र में आपके ध्यान का स्तर बिल्कुल अलग हो सकता है है ना क्या कई लोगों का यह स्तर बेहतर नहीं हो गया है? है ना स्कूल के पहले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया बाद में आ गया या शायद पहले दिन आपको लगा कि आपको सब समझ में आ गया पर साल भर आपने कुछ नहीं किया हाँ या ना तो आप युवा हैं अब आप किसी की तरफ खिंचते हैं ध्यान देना जरूरी नहीं है है ना हेलो ध्यान नहीं देना पड़ता वे खुद समा जाते हैं तो ये बस रुचि की बात है इफ यू हैव अ डीप लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन सम अगर किसी चीज में आपकी गहरी रुचि है तो ध्यान लगेगा ये क्यों नहीं लगेगा पर फिलहाल किसी चीज में आपकी रुचि नहीं जगी है तो अगर कोई कोई चीज आपको बहुत आकर्षित करे तो ध्यान क्यों नहीं लगेगा ध्यान लगेगा क्या वैसा लगेगा जैसा दूसरों का लगता है शायद नहीं स्कूल में जो होता था उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं लगा क्योंकि मुझे वो दिलचस्प नहीं लगता था पर मेरा ध्यान बाकी सभी चीजों पर लगता था तो मतलब ये है कि मुझे ध्यान की कमी थी नहीं वो ब्लैकबोर्ड पर जो लिखते थे मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी बस तो अभी दुर्भाग्य से पड़ोस की सभी लड़कियां दूर चली गई हैं तो आप में ध्यान की कमी है कुछ ऐसा ढूंढिए जिसके लिए आप में जुनून हो ध्यान लगेगा क्यों नहीं लगेगा आपकी केमिस्ट्री आपका ध्यान लगवा देती है वरना ध्यान लगाने के लिए थोड़ी ज्यादा कोशिश जरूरी है आपको थोड़ा जुनून रखना होगा ताकि आपको कोई चीज जरूरी लगे जो आपके लिए जरूरी हो अगर यह समझ में आ गया तो ध्यान अपने आप लगेगा मुझे पता है कि लोग कुछ और कहेंगे पर मैं कह रहा हूं कि बचपन से लेकर अब तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे सबसे आसान काम है अपने मन का ढांचा बदलना है ना हम्म अपने शरीर का ढांचा बदलना बहुत मुश्किल है अपने मन का ढांचा बदलना सबसे आसान काम है क्योंकि यही सबसे लचीली चीज है पर आपने अब उसे ही ठोस बना लिया है आपको इसे जितना हो सके लचीला रखना चाहिए है ना हेलो अब आपने इसे एक कंक्रीट ब्लॉक जैसा ठोस बना लिया है आपका इरादा क्या है मुझे लगता है तभी इतने सारे लोग फुटबॉल देखते हैं बस यही चीज आपको पसंद है अगर अच्छे से करें तो ये भी ठीक है पर सर का इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है और बहुत से काम आप तभी कर सकते हैं जब आप इसे बिल्कुल तरल और लचीला रखें वरना ठोस कंक्रीट के ब्लॉक से कुछ ही चीजें हो पाएंगी तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे आपको जो भी नाम दें अगर आप चाहें आप अपने मन का ढांचा बदल सकते हैं